खुद है तुम तो इसमें तुम हो इस जाए so, maja maja maja maja maja maja salaam salaam तुम तुम इसमें कौन हो जाए सोचते हैं